है कि राज सिंह जी बहुत गुस्सेल थे गुस्सा बहुत ज्यादा एक एक एक एक कोई एक, को एक, को को एक रानी थी अपने बेटे को राजा बनवाना चाहती थी वो षड्यंत्र रच रही थी कि राज सिंह को मार दू और राज सिंह को मार के मेरे बेटे को राजा बनवा दू सुल्तान सिंह नाम का बेटा था तो उसने डेली खाने में जहर मिलाना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़, थोड़ा थोड़ा थोड़ा जहर मिला दिया के दिया कर दे राजा बीमार होगा और मर जाएगा राजा को यह बात पता चल गई कि ये रानी मेरे को ज़हर मरवाना चाहती है और अपने बेटे को राजा बनाना चाहती है राजा गुस्से में गया पहले तो रानी की खोपड़े में दी तो रानी का तो खोपड़ा खोल दिया फिर उस बेटे को और मारूंगा बेटे को जब पता चला की बापू मुसल लेके आ रहा है और मम्मी का तो काम तमाम करके आ रहा है सुसाइड कर लिया था उसने इतना खोफ था इस आदमी का डाकिया आ गया मुसल से मारेगा इस फांसी लटक जाऊं तो ऐसे चार आदमी मार दिए थे तो कहते राज सिंह जी को पंडित जी के पास गए पंडित जी को जाक का। कि जी, पाप तो बहुत ही पंडित जी ने कहा मर ही नहीं रहा युद्ध में तो मैं मरने का तो क्या हो आज रात को सो और सुबह उठू ना हो सकता आदमी कभी जोर जोर से हंसे और हंसता हंसता ही मर जाए युद्ध में मरना तो कोई हाथ में तो है नहीं मेरे तो पंडित जी ने कहा काम हो रहा है खूब सारे ब्राह्मणों को यदि भोजन करवाया जाए तो भी स्वर्ग मिल जाएगा उसने कहा पंडित जी करवा देंगे आपको क्यों चिंता करते हो कोई डा काम बता दो यार तब तो पंडित जी ने कहा यदि बड़ा कोई वाटर बॉडी बनाई जाए जल स्रोत यदि कोई बनाया जाए तो भी आपको स्वर्ग मिल सकता है फिर उसने कहा ठीक है भाई झील बना लेंगे राज सिंह ने झील बनाई राज सिंह का समुद्र है इसलिए राजसमंद है पहले बड़ी बात एक तो उसको पापों से मुक्ति के लिए बनाना ही था गोमती नदी पे बनाई हुई कौन सी नदी है गोमती का पानी रोका था गोमती का पानी रोके जोग्राफी पढ़ोगी तबोगी तो कहते जैसलमेर शादी की थी कहां पर शादी की थी जैसलमेर शादी की थी जैसलमेर जैसलमेर और सावन का महीना सावन में नदियां बहे भाई बरसात हो रही गोमती लबालब चल रही थी और गोमती भरी भी चल रही थी इस चक्कर में राज सिंह जी जैसे गोमती के पास पहुंचेगा गोमती में बाढ़ घोड़े क्रॉस नहीं कर पाएंगे गोमती को तो क्या किया जाए तो रुकना पड़ेगा साहब नदी का पानी रुकेगा थोड़ा उतरेगा को, को रोक दूंगा तो बाद में गोमती को रोक के कौन सी झील बना दी थी आई बात समझे तो कौन सी नदी रोकी तो गोमती के प्रति वो गुस्सा निकाल रहा था आदमी झील क्यों बनवानी पड़ गई क्यों क्यों पापों से